प्लीज। आप सब लाभ घुसे खाए बिना ही क्यों गिर रहे हो अल्लाह मुझे दे इससे तो कट नहीं रहा है दान नहीं लगाई क्या ये, ये दे मुझे ये सारे के सारे डम